जंगल का राजा शेर होता है वैसे ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों का वर्चस्व है और जब पर्यटकों को बाघिन कुंदे के साथ दीदार करा दे तो जंगल सफारी का मजा दुगना हो जाता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से बाघिन और उसके दो शावक के आए दिन रोमांचित वीडियो सामने आते हैं शनिवार को भी पर्यटक जंगल सफारी करने पहुंचे तो बाघेन और उसके दो शावकों ने पर्यटकों का रास्ता रोक लिया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में शनिवार को बाघिन और उसका परिवार पर्यटकों की जिप्सी के आगे रास्ते में आराम फरमाता नजर आया इस नजारे को देखकर पर्यटक काफी रोमांचित नजर आए सभी पर्यटकों ने इस दृश्य का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया उसी वक्त एक शावक टहलता हुआ पर्यटकों के पास पहुंच गया जिसे देख पर्यटक घबरा गए ये वीडियो एस प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है इन दिनों बाघेन और उसके दो व्यस्त शावक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए है पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनके साथ प्रशिक्षित वाहन चालक और गाइड को भेजा जाता है